हमने हमने चीज़ और होती है कि हमने, आ, बना लिया, हमने में जाके ले लिया या क्लिक करेंगे तो पेबर टेबल के अंदर आपको पिबर्ट चार्ट दिखेगा पिब चार्ट के यहाँ पे आप अपने हिसाब से चार्ट ले सकते हो अब क्वेश्चन आता है कि प्यवर टेबल से कनेक्टेड चार्ट जो है जरूरी नहीं है कि प्यवर टेबल एनाइज से प्यवर चार्ट से हम मिले हम इंसर्ट के अंदर नॉर्मल चार्ट जो हम इंसर्ट करते हैं अगर पिब पे क्लिक करके हम नॉर्मल चार्ट भी इंसर्ट कर देते हैं तो वो चार्ट भी पार्ट ऑफ पिब होता है आपका ठीक है तो यहां से आपने चार्ट को सेलेक्ट कर लिया अब इसमें इसकी भी चार्ट की जो फॉर्मेटिंग है हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं राइट क्लिक करके सीधे हम चल जाते हैं यहां पे चेन चार्ट टाइप पे और नहीं चेन चार्ट टाइप नहीं होता राइट क्लिक करके हम चले आते हैं पेपर टेबल ऑप्शन पे फॉर्मेट चार्ट एरिया पे आएंगे हाँ इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से जो फॉर्मेटिंग करना है कर सकते हैं ऊपर में चार्ट की डिजाइन है डिजाइन को जो डिजाइन चाहिए चार्ट की एक अलग डिजाइन है चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो चार्ट की एक अलग फॉर्मेट आएगा अब यहाँ से चार्ट, चार्ट के फॉर्मेट चार्ट का डिजाइन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए